भूटिया हौरा स्टोरी इन हिंदी गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है यहां के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है सब लोग हंसी खुशी से रहते थे लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख माँगते हुए गोपीनगर गाँव पहुँच जाती है वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है बुढ़िया बेटा कुछ खाना दे दो भूख लगी है भगवान आपको और धन देंगे मोहन सुबह सुबह भीख कौन मानता है काम पर जाने के समय जाओ आगे अभी मैं काम पर जा रहा हूँ बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई कमला रुको मैं इनके लिए कुछ खाना लाए हूँ एन बुढ़िया भगवान तुम्हारा भला करे बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है मोहन क्या जरूरत थी खाना देने की पैसे की बर्बादी करती हो लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो कमला तुम बिना मतलब के बाद मत करो खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और वह शिला नाम की औरत से बोली बुढ़िया भगवान भला करेंगे तुम्हारा मुझे कुछ खाना दो और हाँ गंदा खाना मत देना मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी शिला हाँ हाँ भीख मानती हो और ऊपर से फरमाइश जाओ नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया बुढ़िया बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा लड़का देखो हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते महंगाई का जमाना है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता कुछ दिन में वह और ज्यादा कमज़ोर हो गई बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं बुढ़िया पानी दे दो कोई मुझे पानी दे दो उसे कोई भी पानी नहीं देता है उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की, की वहीं पर मृत्यु हो जाती है बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरे गाँव को सुनाई देती है रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते है गाँव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं उसमें से एक आदमी बोलता है गाँव वालों ये क्या हो रहा है गाँव में रोज रात को एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है तभी एक औरत बोलती है इसका क्या उपाय है मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं तभी एक दूसरा आदमी बोलता है सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ इसके बाद आवाज आनी बंद हो गयी लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था की उसकी कार खराब हो गयी पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था तो कभी हंसने की आवाज़ तो कभी रोने की आवाज़ तो कभी किसी की बात करने की आवाज़ आती है ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बाती जा रही थी एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है इस बात ने गाँव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था कमला कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए मोहन और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना भूत रहता है उस पर कुछ भी हो सकता है तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है हम लोग कहीं नहीं जाएंगे बच्चे चादर उड़कर सो जाते हैं पूरे गाँव के लोग बहुत डरे हुए है कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है पूरे गाँव में मानो मातम पसरा हुआ है मोहन और गांव के कुछ का एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान है वो भूख और बीमारी से मर गई बाबा ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गाँव वालों की ही गलती है तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला तुम लोग उसे दो चार रोटी भी नहीं दे सके जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है गाँव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी बाबा खवन पूजा का इंतजाम करना होगा तब शायद कुछ हो सकता है तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है हम सब तैयार हैं हवन पूजन शुरू हुआ साधु के मंत्र उपचार से चुड़ल प्रकट हुई चुड़ल ये साधु तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो तुम अपने रास्ते चले जाओ वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी बाबा देखो इंसान से गलती हो जाती है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं लोगों को परेशान करना छोड़ दो हुए बोलती है जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो मैं उस लायक नहीं हूँ मैं चुड़ल हूँ चुड़ल बाबा कुछ तो उपाय होगा जैसे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो चुड़ल एक उपाय है इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा वरना सब मारे जायेंगे और साधु तुम भी चले जाओ क्योंकि गुनगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं इस गाँव को मेरा श्राप है की जो भी इस गाँव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी ये बोलकर चुड़ैल गायब जो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती वह शांत नहीं होगी धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा ये गाँव अब सुनसान पड़ा है यहाँ अब तो न कोई आता है और न ही कोई रहता है इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए